हेलो दोस्तों आज मैं लाया हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन जिसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा और कैसे कैसे क्या करना है उन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा तो इस वीडियो को आप स्किप ना करें वरना आपसे जो है कुछ बातें मिस हो जाएंगी और आप समझ नहीं पाएंगे करना क्या है तो फाइनली मैं इस वीडियो में अर्न करो जो एप्लीकेशन है उसके बारे में बात करने वाला हूँ कि आप कैसे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं विदाआउट इन्वेस्टमेंट ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में भी आप जो है अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और वो कैसे करेंगे उसका क्या जो है एग्जांपल है वो सारी चीज़ें मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि हमारी इस जो है वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना यहाँ पर एक कलर की बटन दिख रही होगी उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी नई नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और आपको बताते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना अर्न करो एप्लीकेशन ओपन कर लेना है जैसे ही आप अपना अर्न करो एप्लीकेशन ओपन करेंगे आपके सामने इंटरफेस इस तरीके से खुल के आ जाएगा तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी जैसे Flipkart हो गया जोलो हो गया मिंत्रा हो गया इन सारे जो वेबसाइट हैं जो एप्लीकेशन हैं इनकी लिंक जो है आप जनरेट करके आप बहुत अच्छी मार्जिन कमा सकते हैं यहाँ पे आपको परसेंटेज भी देखने को मिल जाएगा दूसरी चीज़ यहाँ पे दोस्तों मेक लिंक का ऑप्शन है आप देता हूँ आप जैसे Amazon या Flipkart से आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है और उसकी लिंक जो है आप यहां ला कर के कॉपी करके वहां से यहां पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद जो है आप जो है उसको जनरेट करेंगे तो आपका प्रॉफिट लिंक जनरेट हो जाएगा और उसके बाद आप किसी को शेयर करेंगे तो आपको उसका प्रॉफिट भी मिलेगा दोस्तों अब चलिए मैं ख़ास ख़ास बातों पर आता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसमें कैसे आप अर्न कर सकते हैं जैसे मान लीजिए वन का ये एक प्रोडक्ट है इसे हम जो है लिंक शेयर करेंगे व्हाट्सअप पर किसी अपने दोस्त को और और वो जो है आ, मतलब जैसे ही बाय कर लेगा वो आपको आपकी प्रॉफिट लिंक आ, मतलब अमाउंट मिल जाएगा दूसरी चीज़ यहाँ पे आप जिस तरह के प्रोडक्ट जो है वो सेंड करना चाहते हैं अपने फ्रेंड को उसकी लिंक कॉपी करें और उसके बाद आप उसे शेयर कर दें फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम यूट्यूब चैनल तो उस माध्यम से आपको भी काफ़ी अच्छी प्रॉफिट हो सकती जैसा कि मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों मैं सर्च बॉक्स में आता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ लैपटॉप तो मैंने जैसे ही लैपटॉप लिख के सर्च किया तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ ओपन हो के आया देखिए यहाँ पे हमको अब लैपटॉप तो नहीं आया लेकिन कुछ ना कुछ तो आया तो यहाँ पे हम लैपटॉप देखेंगे कहाँ पर है तो इसे हम स्क्रोल डाउन करेंगे और आगे बढ़ेंगे देखेंगे हमें लैपटॉप कहाँ पर दिख रहा है तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं इस पे आपको कमीशन भी दिख रहा है ये हमें लैपटॉप मिल गया 24,999 रुपए का लैपटॉप है अगर इसकी लिंक को कॉपी करके हम किसी भी फ्रेंड को अपने सेंड करते हैं और वो बंदा जहां से आ करके इसे परचेस कर लेता है तो आपको दो हज़ार मिल जाएंगे इसी तरीके के आप जो है बेहतरीन बेहतरीन प्रोडक्ट जो है वो अपने हिसाब से यहाँ पर आ कर और उसकी लिंक को कॉपी करें उससे शेयर करें अपने फेसबुक पर अपने यूट्यूब चैनल पे अपने WhatsApp पे अपने दोस्तों में फैमिली में किसी को भी करेंगे वो और बंदा इस प्रॉफिट लिंक से आपके इस प्रोडक्ट को बाय करेगा तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकल के आएगा दोस्तों चीज और तो बता दूँ कि जैसे मान लीजिए आपकी प्रॉफिट आपके अर्न करो अप्लीकेशन में एड होती है तो आप जो है यहाँ से अपना पेमेंट निकाल सकते हैं माई पेमेंट्स जो है वो आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएँगे तो यहाँ पे रिक्वेस्ट प्रोफिट पेमेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल के आएगा जहाँ पे आपको आपका बैंक अकाउंट नंबर जो है और आईएफएससी कोड बाकी सारी डिटेल्स मांगेंगे वहाँ पे आप ये सारी चीज़ों को फिलअप करेंगे और उसके बाद जैसे आप अपना अमाउंट सेंड करेंगे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा दोस्तों तो ये थी सारी जो प्रोसीजर था हमने आपको बताया आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से जो है वो अपनी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं तो अपने दोस्तों में अपने फ्रेंड में या अपने घर में किसी को भी किसी भी प्रोडक्ट की लिंक को शेयर करें और वो जो जैसे ही बाई करेंगे आपके अर्न करो अप्लीकेशन के अंदर आपकी अर्निंग शो हो जाएगी और दोस्तों ये था मेथड जो मैंने आपको बताया है और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों कि लिंक जो है यहाँ डिस्क्रिप्शन में अर्न करो की है आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लें और उसको रजिस्टर कर लें उसके बाद आप जैसे ही शेयर करेंगे आपको जो है वो अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना थैंक यू सो मच